आपका पुनः स्वागत है जैसे कि मैंने पहले कहा आइए अब इस फ्लूड को देखें जो कि पानी है इसका इस्तेमाल क्षेत्र क्या है अर्थात अभियांत्रिकी प्रयोगों के लिए हमारी दिलचस्पी का क्षेत्र क्या है अभियांत्रिकी में ज्यादातर प्रयोग किधर होते हैं जहां तक पानी का फ्लूड के तौर पर संबंध है तो यह मेरा पीटी मानचित्र है और हमारे पास अलग अलग क्षेत्र है और हमारे पास सॉलिड से लिक्विड और सॉलिड से बाफ है फेस परिवर्तन जो कि एस से एल क्षेत्र के आर पार होता है या एस वी क्षेत्र के आरपार एस से एल फेस परिवर्तन या एस से वी फेस परिवर्तन अब इन क्षेत्रों में जिनके समूह हम आते हैं बहुत कुछ मशीनी अभियांत्रिकी इस्तेमाल है अभियांत्रिकी सॉलिड से लिक्विड फेस परिवर्तन में और सॉलिड से बाफ परिवर्तन में कई थोड़े इस्तेमाल है इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ इस्तेमाल नहीं है पर बहुत कम इस्तेमाल है हमारे पास बर्फ से लिक्विड में बदलाव है पर एस से वी क्षेत्र में थोड़े ही इस्तेमाल है तो एल से वी क्षेत्र की तुलना में हमारे पास सॉलिड से लिक्विड फेज बदलाव के भी कई कम इस्तेमाल हैं। तो हम कहते हैं कि यह लिक्विड से बाफ में परिवर्तन का क्षेत्र है और यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है तो यह क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मशीनी अभियांत्रिकी के ज्यादातर इस्तेमाल लिक्विड से बाफ क्षेत्र में होते हैं उदाहरणत पावर प्लांट हमारे पास बॉयलर में लिक्विड है जो कि बाफ में वाष्पित हो जाता है और हमारा टरबाइन बाफ फिर से द्रव में बदलता है जहां बाफ से लिक्विड में परिवर्तन होता है यह सब ऑयल वी क्षेत्र के आसपास होते हैं तो हमारे पास लिक्विड क्षेत्र है हमारे पास बाफ क्षेत्र है और यह एल वी रेखा है जहां दो फेज मिश्रण का अस्तित्व है तो मशीनी अभियांत्रिकी के जितने भी इस्तेमाल हैं, जिनमें पानी शामिल है वो इस एल वी क्षेत्र के आजू बाजू हैं और इसलिए हम कहते हैं कि इस क्षेत्र को विस्तार से देखते हैं क्योंकि पानी से संबंधित ज्यादातर अभियांत्रिकी इस्तेमाल इस क्षेत्र में है एल क्षेत्र हम अपना ध्यान एल और एल प्लस वी क्षेत्र पर केंद्रित करेंगे अब जैसे कि मैंने कहा यहाँ हमारे इस्तेमाल पावर प्लांट से संबंधित है कंप्रेसर से संबंधित है जहाँ कंप्रेसर से ठंडा किया गया पानी कंप्रेशन की गर्मी को ले जाने हेतु किया जाता है जो कि पानी का महत्वपूर्ण इस्तेमाल है फिर हमारे पास टरबाइन है जहा पानी की टरबाइन है जिसका इस्तेमाल पावर उत्पादन के लिए किया जा सकता है या बाप की टर्बाइन है जहाँ बाप से पानी का फेज बदलाव शामिल है फिर कंडेंसर है स्थिति में हीट एक्सचेंजर शामिल है फिर रेफ्रिजरेंट है जहां पानी एक लिक्विड रेफ्रिजरेंट की तरह है जहां एक लिक्विड रेफ्रिजरेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसका वेपराइजेशन चित्र में आता है और उसका कंडेंसेशन भी चित्र में आता है तो बाप से लिक्विड कंडेंसेशन एक फेज बदलाव का भी इन इस्तेमालों में ध्यान रखना जरूरी है बेशक एयर कंडीशनिंग में पानी एक अहम भूमिका निभाता है बाफ की अहम भूमिका है बाफ का पानी में बदलना और वेपराइजेशन की एक अहम भूमिका है और यह महत्वपूर्ण इस्तेमाल है जो साधारणत मशीनी अभियांत्रिकों को डिजाइन करने पड़ सकते हैं बहुत से ऐसे यंत्र डिजाइन करने पड़ते हैं जो कि पानी बाफ और पानी प्लस बाफ के गुणों पर आधारित हो यह हमारा इस्तेमाल क्षेत्र है और इसलिए हम कहते हैं कि हमारा ध्यान लिक्विड बदलाव पर रहेगा तो हम लिक्विड पानी बाफ और लिक्विड और और के के साथ में रहने के बारे में रहने बारे लिक्विड से बाफ के बदलाव के बारे में ज्यादा बात करेंगे अब पानी बाफ और पानी प्लस बाफ के बारे में अधिक समझने के लिए इन इस्तेमालों के लिए पानी के गुण स्टीम टेबल से उठाए जाते हैं जैसे कि हमने पहले कहा है इन गुणों को हासिल करना मुश्किल है क्योंकि पानी के लिए कोई स्टेट इक्वेशन उपलब्ध नहीं है इसलिए हम स्टीम टेबल्स की सहायता लेते हैं और यह स्टीम टेबल्स ही हैं, जिनकी हम वास्तविकता में सहायता लेंगे अलग अलग प्रेशरों और टेम्परेचरों पर पानी के गुणों को जानने की उसी तरह हम पानी और बांध के मिश्रण के गुणों को भी स्टीम टेबल से प्राप्त कर सकते हैं तो इसके बाद हमारा विवाद होगा मुख्यतः पानी के गुणों को देखने में या स्टीम टेबल से पानी के गुणों को प्राप्त करने में और मैं स्टीम टेबल्स का परिचय दूंगा जिन्हें हम आगे से सभी लेक्चरों में उपयोग करेंगे तो अब तक हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा गिब्स फेज नियम के बारे में जहां फ्रीडम की डिग्रियां पानी के मिश्रण या पानी के फेज से हासिल की जा सकती हैं हमने देखा कि हमारा इस्तेमाल क्षेत्र मुख्यतः लिक्विड और बाफ क्षेत्र में रहेगा और इसलिए हम लिक्विड लिक्विड प्लस बाफ और बाफ के क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं और मैं स्टीम टेबल्स की सहायता लेता हूं जहां से हम पानी के गुणों को प्राप्त करेंगे और स्टीम टेबल से मिश्रण के गुण भी प्राप्त करेंगे जिन अलग अलग इस्तेमालों का मैंने वर्णन किया उन सब का डिजाइन स्टीम टेबल से प्राप्त गुणों से होगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद